आज के हम वीडियो में आपको बताएंगे कि अब आप एफ़ को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी थाने में हुई हो आप उसको बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए है हम ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको ये एफ़ डाउनलोड करना है इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर इस पर जाना है प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको यू कॉप यूपी कॉप एक एप्लीकेशन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विस इसको आपको डाउनलोड कर लेना है इसको डाउनलोड करने के बाद तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूपी कॉप की एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर ली है और इसी प्रकार आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद ये ओपन इस ओपन पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरीके का नज़र आएगा और इस पे आप ये देखिए हिंदी इंग्लिश यहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी करना चाहें आप कर सकते हैं और इसके बाद अब आपको यहाँ पर ये यह होम होम के बगल में जो तीन डॉट देख रहे हैं इन तीन तीन डॉट पे आपको क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं यूज़र ने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये इससे रजिस्टर्ड होगा तो इसके लिए आपको अपना सबसे सब पहले अपना इस पर एकाउंट बनाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर या आप देख सकते हैं मैसेज बॉक्स इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ये देखिए सिंग अप इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाना है क्रिएट अकाउंट तो यहाँ पे जो भी आप अकाउंट बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर अपना नाम दर्ज करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम दर्ज कर देना है जो भी आपका नाम हो और यहाँ पर मेल फी ये आपको सिलेक्ट कर लेना है ई मेल आपको यहाँ पर डाल देना है मोबाइल नंबर ये आपको यहाँ पर डाल देना है और पासवर्ड आपको जो भी पासवर्ड हो जो भी समझ में आए वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और इसके बाद ये आप देख सकते हैं सबमिट इस सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप इस अकाउंट पे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इस वजह से आगे नहीं हो पा रहा तो मुझे खाली लॉगिन करना है यह मैंने आपको समझाने की वजह से हमने आपको बताया तो इसके बाद अब आप मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड है तो इसके लिए आप होम पर आएं होम पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा तो अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है तो आपने जो भी रजिस्टर के समय मोबाइल नंबर डाला होगा तो उस मोबाइल नंबर पर आपके एक ओ जाएगा तो आप देख सकते हैं ये गेट ओ टी पी आपको सेंड कर देना है तो ये ओ आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा उस ओ को यहाँ पे आपको फ़िल करना है तो चलिए दोस्तों हम फिल कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ओ फिल कर दिया है फ़िल करने के बाद वेरीफ़ाई आपको यहाँ पे वेरीफ़ाई करना है जैसे ही आप वेरीफ़ाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लॉग हो चुके हैं तो ये साइड पर आप देख लीजिए मेरा नाम और मोबाइल नंबर वग़ैरह ई मेल सब यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ से अब आप अपना पासवर्ड चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं बना सकते हैं उसके बाद आपका जब एफआईआर डाउनलोड हो जाए या और भी इसमें बहुत सी सर्विस हैं वो डाउनलोड करने के बाद आप ये लॉग लौ, आउट यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं सकते हैं और अब हम आपको एफआईआर किस प्रकार से डाउनलोड की जाती है वो हम आपको बताते हैं तो ये आप देख सकते हैं एफ आई आर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखिए एफ़ में काफ़ी सर्विस हैं एफ़ दर्ज करें एफ़ देखें खोई हुई वस्तु का पंजीकरण करें खोई हुई रिपोर्ट देखें या डाउनलोड करें सड़क दुर्घटना तो हमको एफ़ डाउनलोड करना है तो इसके लिए हम आपको एफ़ देखें इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप अपना ज़िला जो जिस भी ज़िले में आप रहते हैं और आपके कि जिस ज़िले में एफ़ हुई हो तो आप उस ज़िले को यहां पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप चाहें तो यहां पर सर्च भी कर सकते हैं तो यहां पे आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है ज़िला सेलेक्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन जो ज़िले में आपका जो भी पुलिस स्टेशन लगता हो थाना जो भी हो आप यहाँ पर उसको भी सेलेक्ट कर लें उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एफ़ नंबर मालूम है तो यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं ना मालूम हो जिस डेट को आपकी एफ़ हुई हो तो यहाँ पे आपको वो डेट सेलेक्ट करना है आप चाहें तो साल भर की भी एफ़ देख सकते हैं कितने भी साल की हो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं सन जो भी एफ़ होगी यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी एफ़ अगर आपको डेट करेक्ट मालूम है तो आप एफ़ डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए हम आपको एक इसी तरीके से बता रहे हैं कि मान लीजिए 11 10 को एक एफ आई हमको देखना है 11 10 की तो इस 11 10 में जो जितनी भी एफ़ हुई होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी तो इस पर आपको खोजें इस पर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक एफ़ आ चुकी है हमारे सामने 11 10 को हुई है तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए ये डाउनलोड जो जो लिखा हुआ है इस पर डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं ये पी फाइल में आ चुकी है और इसको आप पी पर क्लिक करें ये तो आप देख सकते हैं आयुध अधिनियम और सेक्शन थ्री ओ आयुध्याम सेक्शन ट्वेंटी फाइव तो ये सेक्शन इस पे लगे हुए तीन बटा पच्चीस और आप देख सकते हैं एफआईआर में इसमें किस डेट को हुई क्या है यह पूरा पीडीएफ फ़ाइल आपका यहाँ पे आ चुका है और इसमें जो भी लोग हैं तो उनका नाम जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनका नाम वगैरह सब देख सकते हैं आप यहाँ पर आ चुका है और इसी प्रकार से आप डाउनलोड एफ़ डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें कई ऐसी सर्विस भी हैं जिसका हम वीडियो आगे आपको बताएंगे और इस एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज देंगे कि आप किस प्रकार से अदर सर्विसों का भी लाभ उठा सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद दोस्तों